नमस्कार स्वागत अभिनंदन मेष राशि के जातकों 2020 में कितना पैसा आप कमाएंगे आर्थिक राशिफल 2020 क्या कुछ ले करके आया है क्या जो चीज़ें 2019 में अधूरी रह गई थी तो 2020 में क्या आप उसको पूरा कर पाएंगे आज हमारी चर्चा का विषय यही रहेगा साथ ही साथ वित्त के मामले में 2020 आपके लिए कितना लकी रहेगा इन सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए अंत में दर्शकों पैसों के लिए धन के लिए ऐसे कौन कौन से दिव्य प्रयोग हैं जो सिर्फ मेष राशि के जातक करें और उनसे लाभ लें तो दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे मेष राशि के हमारे दर्शकों वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है प्रेम राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है और अब ये आर्थिक राशिफल चल रहा है आप उन सभी वीडियो को जा करके देख सकते हैं साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमसे पर्सनली मिल सकते हैं अपॉइंटमेंट ले करके फ़ोन से भी बात कर सकते हैं और मिल सकते हैं तो दर्शकों मेष राशि के जातकों यदि हम फाइनेंस के ऊपर नज़र डालें वित्त के ऊपर नज़र डालें तो जो धन भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि से कर्म भाव में विराजमान है शुक्र वैसे भी लाभ के कारक माने जाते हैं पैसों के कारक ऐश्वर्यता के कारक लग्जीरियस लाइफ के कारक माने जाते हैं तो ऐसे में आपके लिए फाइनेंस 2020 काफी अच्छे इंडिकेशन कर रहा है काफी अच्छे संकेत दे रहा है एक बात बताएं दर्शकों इस वर्ष की शुरुआत में केतु का भाग स्थान में शनि गुरु बुद्ध व सूर्य के साथ होना आपके लिए धन प्राप्ति के देखिए संकेत करा रहा है केतु के प्रभाव से आपको गुप्त धन गड़ा हुआ धन या पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है जो पूर्व में अतीत में आपने निवेश किए थे उनसे अचानक आपको धन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कोई एफडी वगैरह आपकी जो है टूट जो है मिल सकती है आ, कोई म्यूचुअल फंड में आपने निवेश किया होगा वो मिल सकता है कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी जो है इस बार आपको मिल सकती है तो इन सबसे आपको अचानक धन लाभ मिल सकता है समय की नज़ाकत को देखते हुए अच्छे से रिसर्च करके बाजार के उतार चढ़ाव को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए शेयर मार्केट में भी आप लोग पैसा लगा करके अच्छा लाभ मेष राशि के जातक ले सकते हैं और आपको इसको अनु, अनुकूल परिणाम देखने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं इसके साथ साथ जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि जो दो में होने वाले गृह गोचर रहेगा इसकी दशा भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगी वर्ष की पहली तिमाही आपके लिए फाइनेंशियली काफी अच्छे रहने के संकेत दे रही है इस समय आप लाभ में रह सकते हैं आपके वेतन में इंक्रीमेंट हो सकता है कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वेतन वृद्धि के संकेत दिख रहा है साथ ही साथ अगर प्रमोशन आपका जो है अब तक रुका हुआ था तो अप्रैल के माह में आपको कोई प्रमोशन भी मिल सकता है सफलता प्राप्त हो सकती है साथ ही साथ नई जॉब भी आपको मिल सकती है आकर्षक ऑफर के साथ तो ये सभी चीजें आपके साथ रहेंगी 24 जनवरी के बाद शनि का ट्रांजिट हो रहा है मेजर ट्रांजिट हो रहा है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और फरवरी का माह भी आपके लिए फाइनेंसली बहुत अच्छा रहने वाला है इस समय धन भाव के स्वामी शुक्रदेव उच्च होकर के मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं तो उच्च होकर के बारहवें घर में रहेंगे जो कि आपके लिए धन निवेश के अवसर लेकर के आएंगे और ये निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा विदेशों से आपकी कोई आय हो सकती है यदि आप व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है फरवरी के महीने में आप स्वयं के ऊपर धन अधिक खर्च करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं है। मई मा माह में शनि व गुरु की चाल में बदलाव होगा वक्री हो जाएंगे तो इसके प्रभाव से थोड़ा सा मेष राशि के जात को आप लोग सचेत हो जाइएगा सेविंग करने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है सितंबर तक की अपने खर्चों पर आप थोड़ा नियंत्रण बनाए रखें शनि गुरु के मार्गी होने से आपके लिए फिर से अच्छे मौके आएंगे अच्छे योग बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से भी ज़्यादा सुदृढ़ होगी वहीं तेईस सितम्बर को राहू और केतु का भी जो है गोचर हो रहा है जो कि राहू आपके धन भाव में आ जाएंगे इस समय आपको धन निवेश संबंधित निर्णय थोड़ा सा सोच समझ कर लीजिएगा सरकारी नौकरी में तो किसी से मत लीजिएगा पकड़े जाने का साथ साथ तो अच्छा तो तो स्वयं को मजबूत स्थिति में, में के जातक देखते हुए खड़े रहेंगे कोई वाहन इत्यादि क्रय करेंगे और कोई जमीन का टुकड़ा भी आपको मिलेगा भूमि भवन वाहन का भी सुख मिलेगा काफी अच्छे संकेत सितारे कह रहे हैं लेकिन दर्शकों एक बात और अब हम आपको बता दें देखिए मेष राशि होती है करोड़ों लोगों की ठीक आपकी कुंडली में एक्चुअल स्थिति क्या है सेकेंड हाउस एलेवेंथ हाउस की सेकेंड हाउस जो होता है ये फिक्स धन का होता है कुंडली में और जो इलेवेंथ हाउस होता है देखिए टेंथ हाउस शो करता है कि आप कर्म क्या करेंगे लेकिन कर्म करने के बाद फिर आपको सैलरी क्या मिलेगी पैसा कितना कमाएंगे ये एकादश स्थान शो करता है और जो कुंडली का द्वितीय भाव होता है ये फिक्स धन का होता है ये एफ वगैरह का होता है निवेश का होता है तो इन दोनों की स्थिति क्या कह रही है तो ये विचारड़ीय होता है देखना साथ ही साथ महादशा किसकी चल रही कहीं आपकी कुंडली में राहु की तो महादशा नहीं चल रही केतु की तो नहीं चल रही है या आपकी कुंडली में सब डिविजनल चार्ट में ग्रहों की पोजिशन क्या क्या है इसके साथ साथ दर्शकों वो जो है जो गोचर है वो आपके लिए जो है फलित कैसा करेगा तो कई चीजें विचारणीय होती हैं जो उपाय बताएंगे इसको आप लोग कर सकते हैं लेकिन बेहतर रहेगा यदि आप लोग अपनी कुंडली दिखा करके उपाय लें तो ज्यादा बेटर जो है आपके लिए रहेगा तो आप लोग हमसे मिलकर के पर्सनली अपनी कुंडली दिखा सकते हैं फ़ोन के माध्यम से बात कर सकते हैं हमसे नहीं भी मिलना है तो कोई बात नहीं आप इन उपायों को भी कर सकते हैं या आपके आसपास जो भी एस्ट्रोलॉजर हो आप लोग उनकी उनको अपनी कुंडली दिखा सकते हैं कारण दर्शकों हम आपको बता दें देखिए भाग्य के भरोसे जो है आप लोग रहते हैं तो एक चीज़ सोचिए आपके शरीर में यदि कोई व्याधि आती है सपोज करिए आप बीमार पड़ गए क्या करेंगे क्या भाग्य के भरोसे छोड़ के बैठ जाएंगे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे उपाय नहीं करेंगे कि दवा नहीं खाएंगे भाई लेंगे ही लेंगे तो इसी तरीके से ज्योतिष अब आप कहेंगे कि पंडित जी ने सब कुछ तो राशिफल में अच्छा बता दिया तो क्या जरूरत है पंडित जी से मिलने की या क्या जरूरत है उपाय करने की ये तो होगा ही होगा नहीं दर्शकों कुछ लोगों की कुंडली में गृह स्थिति अच्छी नहीं होती है तो पंडित जी से मिलिए किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलिए या आप स्वयं ज्योतिष जानते हैं तो आप अपनी अच्छी से कुंडली देख करके सेकंड हाउस और इलेवेंथ हाउस से रिलेटेड उपायों को कर सकते हैं उपाय क्या करना है देखिए उपाय नंबर एक सबसे पहले आपको शुक्रवार वाले दिन गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा आपको केसर डाल देना और थोड़ी सी मिशरी डाल देनी है और श्रीयंत्र लेना है स्फटिक का जी हाँ देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा स्फटिक का एक श्रीयंत्र ले आइएगा शुक्रवार वाले दिन गाय के कच्चे दूध से उसमें मिश्री डाल दीजिएगा उसमें थोड़ा सा केसर डाल दीजिएगा और ए, एक मंत्र है ओम श्रीम श्री नमः ये मंत्र है इस मंत्र से यदि आप लोग जो है उस पर अभिषेक करते हैं श्री यंत्र पर तो निश्चित ही आपको धन लाभ बहुत अच्छा होगा ये क्रिया आपको हर शुक्रवार करनी रहेगी इसके साथ साथ दर्शकों नित्य कनक धरा स्त्रोत का आपको पाठ संध्या काल के समय शाम के समय मां लक्ष्मी की जो है फोटो के सम्मुख चित्र के सम्मुख आपको जो है एक दीपक जला लेना है और उसके बाद करना रहेगा तीसरा एक और प्रयोग हम आपको बता रहे हैं जब भी आप कार्यक्षेत्र पर निकलिए तो थोड़ा से मिश्री का सेवन करके आपको आप निकलिए निश्चित आपको लाभ होगा अंतिम उपाय की ओर बढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छा उपाय है वन ऑफ द बेस्ट है अपनी हाइट के बराबर एक कच्चा धागा आप ले लीजिएगा वाइट कलर का सूत का और फ्राइडे के दिन शुक्रवार के दिन आपको करना क्या रहेगा इसको केसर से अच्छे से कलर कर देना है और उस धागे को आप अपने पर्स में रख सकते हैं अपने गले में रख सकते हैं या जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं आप वहां पर रख सकते हैं इसका लाभ आपको जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा तो दर्शकों ये उपाय कैसे लगे आप लोग इस उपाय पर एक लाइक तो कर ही सकते हैं साथ ही साथ हमारे चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए और हमारी प्लेलिस्ट जाइए देखिए दर्शकों किसी से कुंडली दिखाने से पूर्व एक बार अच्छे से आप लोग उसको देखिए कि वो बंदा है कैसा जेन्यून है कि नहीं है क्योंकि हमारे पास तमाम ऐसे लोग आते हैं मिलने जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है आ, कहते हैं कि पंडित जी उन लोगों उन पंडित जी ने ये किया वो किया अभी तक लाभ तो ऐसा दर्शकों देखिए नहीं होता ज्योतिषीय उपाय है कार्य करते हैं जैसे बरसात जब होती है तो ज्योतिषी का क्या काम है आपको एक छाता दे देगा आप बरसात में निकलेंगे लेकिन कुछ छीटे आपके ऊपर आएंगे तो ऐसे ज्योतिषी उपाय होते हैं धन आपको मिलेगा ही मिलेगा इससे इसमें तो कोई शंका ही नहीं है आपके कुंडली में चाहे जितने ही खराब ग्रह स्थिति क्यों ना हो आप लोग इन उपायों को करिए श्रद्धापूर्वक करिए क्योंकि श्रद्धा लप्ते ज्ञानम श्रद्धा से ही सब ज्ञान की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है तो ये करिए आपको अच्छा जो है मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा दीजिए इजाज़त मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में और हाँ आप लोग हमारा वार्षिक राशिफल मेष राशि का 2020 देखना ना भूलिए करियर राशिफल देखना ना भूलिए प्रेम राशिफल देखना ना भूलिए और दैनिक राशिफल डेली हम लाइव होकर के अपने चैनल पर बताते हैं इसको भी आप लोग देख सकते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद वंदे महातरम Nizar Sanim, a bird in the sun.